स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर जिसका की नाम है टेक बिहारी जी चैनल जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि हम लोग दुष्यंत कुमार की गज़लों को पढ़ रहे हैं इसी क्रम में पेश है उनकी अगली गज़ल जिसका की शीर्षक है भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या होगा आइए आनंद लेते हैं और दुष्यंत कुमार को जानने समझने का प्रयत्न करते हैं भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ आजकल दिल्ली में जेर ए बहसे मुद्दा आजकल दिल्ली में जेर ए बहसे मुद्दा मौत ने तो धर तबोचा एक चीते की तरह मौत ने तो धर तबोचा एक चीते की तरह जिंदगी ने जब छुआ तो फासला रख कर छुआ भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ गिड़ गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं गिड़िड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं पेट भर कर गालियाँ दो आह भर कर बदुआ पेट भर कर गालियाँ दो आह भर कर बदुआ भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ क्या वजह है प्यास ज्यादा तेज लगती है यहाँ क्या वजह है प्यास ज्यादा तेज लगती है यहाँ लोग कहते हैं कि पहले इस जगह पर था कुआ आप दस्ताने पहनकर कर छू रहे हैं आग को आप दस्ताने पहनकर कर छू रहे हैं आग को आपके भी खून का रंग हो गया है सावला भूख है तो सब कर रोटी नहीं तो क्या हुआ इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा आने तो दो इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा आने तो दो जब तलक खिलते नहीं ये, कोई ले देंगे धुआं दोस्त अपने मुल्क की रंजी दाना हो दोस्त अपने मुल्क की किस मत पर रंजी दाना हो उनके हाथों में है पिंजरा उनके पिंजरे में सुआ इस शहर में वो कोई बारत हो या वारदात इस शहर में वो कोई बारत हो या वारदात अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिलकियाँ भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ आजकल दिल्ली मह जेर ए बहस ये मुद्दा भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ रोटी नहीं तो क्या हुआ रोटी नहीं तो क्या हुआ बहुत बहुत धन्यवाद